तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बतलाएँगे नमाज जनाजा है क्या और नमाज जनाजा को किस तरह पढ़ें नमाज जनाजा की नियत कैसे करें नमाज जनाजा फ़र्ज़ है या सुन्नत है या मुस्तह है और नमाज जनाज़ा में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं तो सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर करेंगे और आप लोगों को अच्छे से समझाएँगे पहली चीज़ हमारी यही है समझ लीजिए कि नमाज जनाजा नमाज जनाजा कहते किसे हैं देखो जनाजा हम लोग बोलते ही ये मैय को बोलते हैं अब मैयत के हक में जो दुआ मकफ़रत के लिए नमाज पढ़ी जाती है उसे नमाज जनाजा कहते हैं समझ में आ गई बात दूसरी चीज़ हमारी कि नमाज जनाजा में कितनी चीज़ें फ़र्ज हैं तो बात समझ लीजिए कि नमाज जनाजा में सिर्फ दो चीज़ें फ़र्ज़ हैं कितनी दो चीज़ें फ़र्ज हैं दो चीज़ें कौन सी हैं नंबर एक खड़े होकर नमाज पढ़ना दूसरी चीज़ है चार मरतबा अल्लाह अकबर कहना ये दो चीज़ें फ़र्ज हैं अब अच्छा तीसरी चीज़ की तरफ़ आ जाइए कि नमाज जनाजा मतलब फ़र्ज़ है या सुन्नत है या वाजिब है या मस्हब है क्या तो देखें नमाज जनाजा जो है ना ना तो सुन्नत है ना फर्ज है ना मस्त है बल्कि ये फ़र्ज़ किफाया है फ़र्ज़ किफाया किसको कहते हैं किफ़ाया इसको कहते हैं इस तरीके से समझिए कि आपके मोहल्ले में एक मट्टी हुई अब उसकी नमाज जनाजा तैयार है अब अगर मोहल्ले में से उसको चंद लोगों ने मिलकर उसकी नमाज जनाजा पढ़ ली तो आप पूरे मोहल्ले वालों की तरफ से वो फ़र्ज़ अदा हो गया और अगर उसकी नमाज जनाजा किसी ने नहीं पढ़ी तो सब के सब गुनहगार होंगे तो ये बात समझ में आ कि फ़र्ज़ की फ़ाया किसको कहते हैं अब अच्छा तीसरी चीज़ हमारी यह कि नमाज जनाजा का तरीका क्या है मतलब नमाज जनाजा की नियत कैसे करें देखो मैय चाहे मर्द की हो या औरत की हो उसको आगे रख कर इमाम उसके सीने के सामने खड़ा हो जाए तमाम लोग पीछे सफ़ों में खड़े हो जाएँ फिर नियत इस तरह करें कि अल्लाह के वास्ते इस मैयत की मफफ़लत के लिए इमाम के पीछे जनाजे की नमाज़ पढ़ता हूँ फिर इमाम ज़ोर से अल्लाह अकबर कहेगा और मख्त आहिस्ा आवाज से तकबीर कहेंगे अल्लाह अकबर दोनों हाथ कानों तक उठाते हुए नाप के नीचे बाँध लेंगे फिर इमाम और मख्तरी दोनों लोग क्या करेंगे अल्लाह की हमदसना बयान करेंगे जिस तरह हम लोग नमाज़ में पढ़ते हैं बिल्कुल आसान सी नमाज है कोई मुश्किल नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों इसको इतना लोग मुश्किल समझते हैं लोग अपने रिश्तेदारों की नमाज़ तक नहीं पढ़ाते हैं वो दूसरों से पढ़वाते हैं जबकि वो नमाज़ उनको पढ़ाना आती है पढ़ना आती है तो फिर क्यों पढ़ाने में हरज है भाई मेरे आप अगर पढ़ाएँगे तो ज़्यादा सही रहेगा लेकिन वो नहीं पढ़ाते हैं हाँ तो हम जो नमाज जनाजा का क्या बदला तरीका बदला रहे मतलब कैसे पढ़ना है नीयत तो बदलाई दी तो पहली तकबीर कहकर दोनों हाथ कानों तक उठाकर हाथ नाफ़ के नीचे बांध लेंगे और जो हम लोग नमाज़ में पढ़ते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही पढ़ देंगे अल्लाह के हमदना बयान कर देंगे सना भी बस एक लफ्ज़ जो है ना वो आगे बढ़ गया वजल का लेकिन आप उसी को ही पढ़ लें तो फिर इतना पढ़ने के बाद इमाम ज़ोर से दूसरी तकबीर कहेगा और मकतदी आहिस् आवाज़ से बग़ैर हाथ उठाए तकबीर कहकर फिर क्या करेगा फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे दरूद इब्राहिमी कौन सी है दरूद इब्राहिमी यही है अल्लाह मसल जो हम लोग नमाज़ में पढ़ते हैं वही चीज़ पढ़ना है अल्ला मसल महमद महमद कमा सल इब्राहिम वालब्राहिम इनका हमीद मजीद बस इतना सब पढ़ने के बाद फिर तीसरी तकबीर हम लोग कहेंगे बग़ैर हाथ उठाए तीसरी तकबीर कहने के बाद जो अब हमारी नमाज जनाजा की मसनून दुआ है उसको पढ़ लेंगे पहली चीज़ ये समझ लेंगे कि नमाज जनाजा है किसका मतलब ना बालग लड़के का है या लड़की का है अगर लड़के का है तो उसकी अलग दुआ है और लड़की का है उसकी भी वैसे ही दुआ बस खाली थोड़ा सा फ़र्क है और अगर बालग इंसान का है तो फिर चाहे वो मर्द हो या औरत हो उसकी एक ही दुआ है कौन सी मसनू दुआ वो यही है अल्लाह गना वम गतना व शाहिदना वा इबना वीरना व कबीरना व करना व उनसाना अल्लान मुन्ना फ़ाह अस््लाम वन तव्फ़ मन्ना फ तव्फ़मान जिसका तर्जुमा भी बहुत आसान है तर्जुमा आप लोगों को सुना देता हूँ अल्लाफिर हैना वम गितना अल्ला मख़रत फर्मा जो ज़िंदा हैं और जो नहीं ज़िंदा है व शाहिदना वा इबना और जो मौजूद हैं और जो नहीं मौजूद हैं वीना वसीरना व कबीरना जो छोटे हैं उनकी भी मफ़रत फरमा बड़े हैं उनकी भी मकफ़रत फरमा वज़ करीना वनसाना और मतलब औरत हैं उनकी भी मफफ़रत फरमा मर्द हैं उनकी भी मफ़रत फरमा अल्लाम आहदूमन्ना वाहलाम अल्लाह तो हमें से जिसे भी ज़िंदा रखे इस्लाम पर रख वमन तव्फ़ैदन्ना फव्फ़ालईमान और जिसे भी मौत दे ईमान पर मौत दे बहुत आसान सी दुआ है तो जो हमारी दुआ हो जाएगी उस दुआ को पढ़ लेने के बाद एक मरतबा और तकबीर कहेंगे इमाम ज़ोर से कहेगा और मकतदी आहिस्ा आवाज़ से कहेंगे बग़ैर हाथ उठाए चौथी तकबीर कहेंगे अल्लाह अकबर और उसके बाद दायनी हाथ की तरफ सलाम फेर देंगे तो इस तरीके से कि हमारी क्या हो जाएगा नमाज जनाजा का पूरा तरीका हो जाएगा और नमाज जनाजा भी हमारी पूरी हो जाएगी तो ये हमने आप लोगों को बतलाई अब अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर नाबालिग लड़का लड़की है उसकी दुआ कौन सी है तो बता दें आप लोगों को कि बच्चे का जनाज़ा अगर लड़का है तो उसकी दुआ यही वाली पढ़ेंगे जो हम लोग तीसरी तकबीर में पढ़ेंगे अल्लाह मज आलहूलना फ़रत मजा आलहूलना अजरऊ ममजा आलहूलना शाफिया मुशफ़ा और अगर लड़की है तो बस खाली इसमें हाँ का इजाफ़ा करेंगे अल्लाह आल्हाना फ़रत आल्लना अजरम आल् लना शाफ या तम मुशफ़ा बस इतना सा फ़र्क़ है तो इस तरीके से ये हमारी नमाज जनाजा पूरी हो जाएगी तो हमने आप लोगों को बदला दिया कि नमाज जनाजा हमें उसकी किस तरह नियत करना है और उसको किस तरह पढ़ना है अब अच्छा आखिरी चीज़ और बचती है कि मट्टी हम किस तरह दें देखें मट्टी हम लोग जब देंगे उसमें दुआ पढ़ेंगे दुआ कौन सी है जब हम पहली मरतबा मट्टी डालेंगे कबर में मट्टी भरकर तो दुआ पड़ेंगे मिन हा फिर दूसरी बार जब डालेंगे वफ़ी हा और फिर तीसरी जो मुठ्ठी हम लोग डालेंगे वो मिन हा तारत नुरा तो इस दुआ को भी आप लोग याद कर लें मिन हा नाकुम वफ़ीहा नुयीद गुम व मिन तारत नुरा जिसका तर्जुमा भी बहुत आसान है अल्लाह ने हम को इसी मिट्टी से पैदा किया वफ़ी हा और हमें क्या करा दोबारा इसी में जाना व मिन तारत नुरा और मर और क्या कहते हैं इसमें जाने के बाद दोबारा अल्लाह हमको इसी से ज़िंदा करेगा तो ये बहुत आसान सी दुआ है तो ये आप लोग समझिए और इन सारी चीज़ों को समझकर कर पढ़ें तो मैंने आप लोगों के सारे डाउट भी क्लियर करे और नमाज जनाजा का तरीका भी बदलाया कि नमाज जनाजा बहुत आसान है उसको हर कोई पढ़ा सकता है लेकिन लोग पता नहीं क्यों हिचकचाते हैं चार तकबीरें कहना बगैर हाथ उठाए बस एक मरतबा पहली तकबीर का ये नीयत तीन तकबीरें ऐसी कह लें तो जब हमारी चौथी तकबीर हो जाएगी मसलून दुआ पढ़कर, उसके बाद एक और तकबीर कहेंगे अल्लाह अकबर और उसके बाद सलाम फेर देंगे असलम वरह दानी दानी हाथ की तरफ़ इस तरीके से हमारी नमाज जनाजा की तरीक़ा हो जाएगा नमाज़ जनाजा भी हो जाएगी तो अल्लाह ताली हम लोगों को गहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोफ़ी दाफरमा आमीन